Free fire की एक गन गन जिसे पकड़कर पकड़कर कोई भी बंदा इमोट नहीं कर सकता इस कर को कर इमोट करके दिखा दिया तो आप जितना बोलोगे उतने का मैं आपके पे करके दूंगा। इस गन को पकड़कर नहीं तो कोई मोबाइल प्लेयर इमोट कर सकता है और ना ही कोई तो ये कौन सी ऐसी गन है जिसे पुखड़ कर कोई भी बन्ना?